तो तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे या सुबह सुबह उठ के इस ठंडी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आए हैं थोड़ा कैमरा मैन बाई साहब थोड़ा मौसम दिखा दीजिए इन लोगों को तो देख लीजिए मौसम कैसा है आज सुबह से ही धूप नहीं निकला लगभग सात बजे हम लोग आप लोगों का वीडियो बनाने के लिए घर से निकल चुके हैं तो आज जो वीडियो बनने वाला है इस जंगल के ऊपर बनने वाला है तो आइए इस जंगल में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जंगल में क्या क्या है क्या है क्या नहीं है तो फाइनली हम लोग यहाँ बचपन में आया करते थे घूमने के लिए तो सोचा आप लोगों के लिए भी इंट्रोडक्शन करा दो इस जंगल का तो आइए फाइनली इस जंगल में चलते हैं और जंगल में आके आप लोगों की वीडियो बताते हैं आपको बताते हैं इस जंगल में क्या क्या है क्या नहीं है तो चलिए oh. जंगल में पूरा चल के बताते mm. हैं तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जंगल के बीच में इस जंगल में बस तीन पेड़ बचे हैं जो बहुत ही पुराने हैं तो मैं पेड़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो आइए तो हम लोग दिखाते हैं पहले तो ये देख लीजिए प्रगत का शोर इस शोर के ज़रिए हम लोग पहले झूला करते थे जैसे कि मान लीजिए ये है ये वाला ये वाला देख लीजिए ये जो है इसी से हम लोग यहाँ पे पहले ऐसे झूला करते थे बस इसी तरह झूलते थे और कोई ऐसा ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा था जब हम लोग यहाँ पे छोटे थे तो आते थे, थे तो आज हम लोग इसी जंगल के बारे में सोचा आप लोगों को बता दूं तो आइए लोग वही तीन पेड़ दिखाते हैं जो बहुत ही पुराने हैं तो ध्यान से देखिए ये पेड़ की कितना पुराना बरगद का पेड़ है बहुत ही पुराना है हमारे जन्म से बहुत साल पहले का है और आगे आइए कैमरामैन भाई साहब आगे आइए और ये दिखाइए ये जो पुराना पेड़ है ये दूसरा वाला ये देख लीजिए आइए इसके पास चलते हैं तो आइए आइए भाई साहब आइए और बहुत ही ठंड पड़ रही है देख लीजिए यहाँ पे सब पेड़ पे शीत शीत हुआ हुआ है और ये रहा हमारा दूसरा पेड़ और ये रहा हमारा तीसरा पेड़ ये देख लीजिए आइए उस पेड़ के पास भी चलते हैं जाने का तो रास्ता है नहीं पर बनाते हुए चल रहे हैं तो आइए देख लेते हैं सारा जंगल और ये देखिए किसी जानवर का हड्डी यहाँ पे पड़ा हुआ है थोड़ा देख लीजिए आप लोग भी ये देखिए किसी जानवर का हड्डी है शायद ये है इसकी मुंडी और आइए फिर जो हम लोग कर रहे हैं वो देखते हैं अपना वीडियो ये है हमारा तीसरा बरगद का पेड़ तो आइए इसके पास बिल्कुल आ जाइए ये देखिए नीचे से अभी ख़राब होना स्टार्ट हो गया है शायद तो ये भी ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं तो देखिए ये इस बरगद में कितना शोर है और ये देखिए इसका क्या हाल हो चुका है जैसे कि जानवर उनवर खाने लगे हैं और इसमें कोई जानवर भी तो नहीं दिख रहे हैं तो फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय और ऐसी ही आपको जंगल की जंगल की पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अपनों के लिए और अच्छा भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ बाय टाटा